नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पी के पर। दोस्तों आपने एयरड्रॉप का नाम तो सुना ही होगा तो आज मैं आपको कुछ एयरड्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बताते हैं कि मैं इस एयरड्रॉप से मेरे को इतना रुपया मिला इस एयर से इतना मिला तो ऐसे आज मैं आपको बताऊँ कि आप भी कैसे एयर से फ्री में पैसा कमा सकते हो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टिप्स ये एयरड्रॉप ज्वाइन करने के लिए मेन आपके पास क्या होना चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि एयरड्रॉप अगर आपको भी कोई साइड ड्रॉप लुटना है तो आपके पास टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर मीडियम ये चार अकाउंट तो कंपलसरी होना ही चाहिए बाकी कुछ कुछ एयड्रॉप्स होते हैं जिनमें डिस्कोड और रे, रेबिट भी यूज़ होता है इन एप्लीकेशन के अलावा आपके पास एक एप्लीकेशन और होना चाहिए जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट क्योंकि आप किसी भी हेड्रोप से अगर कोई कोई लोगे तो वो सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा बाकी कुछ हेड्रोप होते हैं जिनों में जो भी टोकन मिलता है वो कुछ उनका इस्पेशल ऐप होता है ताकि मैं आपको दिखा देता हूँ भी थोड़े दिनों पहले एक हैड्रोप आया था जो टोकन पॉकेट ऐप में दिया था उन्होंने तो भी आप देख लीजिए मेरे पास इसमें भी कुछ डॉलर रखा है देखिए अभी मैं इस पी टोकन लिया था का 190 टोकन मिला था मेरे को हेड्रोप से जिसका अभी वैल्यू है 29 डॉलर दोस्तों ये सारे टोकन जो आते हैं हेड्रोप वाले इनको आप जैसे ये बाइनेंस या कोइन जैसे किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं लिस्ट होने के बाद आप इनको सेल करके पैसा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आगे भी इसे लुट पाने के लिए मैं सपोर्ट कीजिए thanks